तुम मतलब है सिर्फ तुमसे हमारे दिल में बस तू ही तू तु है तुमसे मोहाबत तुमसे शिकायत तुमसे मोहाबत तुमसे शिकायत और किसी से गिला नहीं है है जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता